हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जियो फोन दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप है जो आज का दोस्तों वो दोस्तों कैसे काम करता है कैसे आपको उस पर अपनी आईडी बनानी है दोस्तों मैं आज आपको इसी वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाला हूं दोस्तों आप वीडियो साथ बने लास्ट तक और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर देना चलिए दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट और अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना सबसे पहले आपको कहना जियो फोन डाटा मैंने यहाँ पर वाई फाई से कनेक्ट रखा है डाटा जो बंद कर देता हूँ अब आपको जाना है अपने जियो फोन के जियो स्टोर में जियो स्टोर में दोस्तों ये अभी अभी है, ए जो आ चुका है कुछ देर पहले मैंने जियो स्टोर ओपन करके देखा तो हमारे जियो फोन में जियो फोन के जियो स्टोर में यह है जो ए पैजो आ चुका था यहाँ पर आप ढूंढ भी सकते हो और नहीं आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको हेल्थ की यहाँ पर यूटिलिटी सोशल हेल्थ हेल्थ यहाँ पर जियो हेल्थ हब और आरोग्य सेतु ऐप दो ऐप आपको दिखाई दे रहे होंगे हम इसे आरोग्य सेतु ऐप पर क्लिक करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं बीच वाले बटन से आरोग्य सेतु इज ए मोबाइल अप्प्लीकेशन डेवलपड टू फ्लाइट एगेंस्ट कोविड नाइनटीन मतलब कोविड नाइन्टीन की महामारी को फैलने से बचाने के लिए यह ऐप जो भारत सरकार ने बनाया है यहाँ से यह इंस्टॉल भी होता है ओपन होता है यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं वर्जन एक पॉइंट जीरो पॉइंट बारह भारत सरकार का यहाँ पर जयते का यहाँ पर लोगों है हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है मतलब इस ऐप से हम कोरोना महामारी की जो फैल रही है संक्रमण उसको हम रोक सकते हैं यहाँ से आप इंग्लिश या हिंदी या गुजराती मराठी यहाँ पर वगैरह बहुत सारी भाषाएँ यहाँ सेट कर दे सकते हो हम ऐसे हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं और रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं माई बटन से यहाँ पर अपनी सेवा और गोपनीयता सरते और जियो लोकेशन वगैरह आपको गूबल डाटा सेयरिंग या तीन आवश्यकता होती है इसमें या पढ़ लेना मैं यहाँ पर मैं सहमू तो इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर पूछेगा आरोग्य क्षेत्र आपका स्थाना जाना चाहते हैं अनुमति दें यहाँ पर आपके इसका अनुमतियाँ जो यहाँ पर आपको दे देनी है आपको फिर यहाँ पर मैं सहमतों पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना नंबर मांगेगा यहाँ पर आपको नंबर लगाना है जैसे मैं मेरा नंबर लगा देता हूँ और आगे पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका ओ जो ऑटोमेटिक लग जाएंगे यहाँ पर यदि अपने जियो फोन के अंदर सिम होगी तो यदि आप यहाँ पर दूसरा नंबर डालोगे तो यहाँ पर आपको ओ टी पी उसके मैसेज में जाकर आपको डालनी पड़ेगी तो यहाँ पर ओ टी पी लग चुके हैं हम यहाँ से आगे से क्लिक कर देते हैं देखो ब्लूटूथ का भी आई कहना चुका है और यहाँ पर यह हेल्थ केयर का संक्रमण कम है संक्रमण का कम जोखिम है मतलब जोखिम कम है हमारे हम मन करते हैं सामाजिक दूरी बनाए रखें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आत्म आश्वासन परीक्षण अपडेट के लिए से एप देखें। एप आपको, से खोलना है। अब आपको जाना है सामाजिक दूरी सामाजिक दूरी कैसे बनाए हाथ मिलाने की बजाय से नमस्कार करें सामाजिक समारोह से बचे लोगों से छह पट की दूरी बनाए रखें यहाँ पर आपको पुनः टेस्ट भी कर सकते हो पुनः टेस्ट करोगे आपको यह पहले से ही यह ऑप्शन है जो आपके आएगा क्योंकि मैंने यह कुछ समय पहले यह आई डी जो बनाई थी इसलिए यहाँ पर ऐटोमेटिक नंबर से यहाँ से मैंने यहाँ पर नंबर लगाए और ओ से और आगे जो लॉगिन होगी मैं आपको यहाँ से दोबारा बनाकर बता देता हूँ ताकि आपके भी यह कोई प्रॉब्लम न हो यहाँ पर आपको अपना लिंक डालना है पुरुष यहाँ पर आपको अपनी आयु डालनी है हम डाल देते हैं और और यहां पर आपको क्या नीचे लक्षणों में से किसी अनुभव कर रहे हैं कौन सी बुखार इनमें से कोई नहीं डन क्या आपको रोग वगैरह हुआ है कोई नहीं पिछले चौदह दिनों में आप कहीं यात्रा की नहीं इसके निम्नलिखित में से कौन सा आपके लिए लागू होता है नॉन ऑफ दबो क्योंकि हम पॉजिटिव वगैरह नहीं है नहीं हमारे को टेस्ट हुआ है दोस्तों आप अपना नाम वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हो submit कर सकते हो बादशाह वगैरह और यहाँ पर अपनी जानकारी है दोस्तों आपको ये देखो PM CARE fund वगैरह यहाँ पर आपको दिखा दे रहा होगा सुरक्षित रहें यहाँ पर आपको अपने आई कोड यू पी यहाँ पर आपने जो भी अपना आप दान करना चाहते हैं दान कर सकते हो सुरक्षित रहें कोविड 19 करो या और मरो मत करो करना और नहीं करना इस प्रकार के यहाँ पर खूब सारी जानकारी आपको दे रखी है ढेर सारा ज्ञान है दोस्तों ये इस प्रकार अपने जियो फोन जो काम करता है अपने आईडी डी का दोस्तों नंबर मांगेगा और अपना नाम डालेगा और जन्म डेट और लिंग और अपने आप किन किन देशों गए थे ये आपको यहाँ पर फिलिप करना है दोस्तों दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्त भी यह वीडियो देख अपने अपनी सुरक्षा कर सके तो धन्यवाद दोस्तों मिलते कुछ ने एक साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम